हेलो तो फ्रेंड्स कैसे हैं आई वो पक्षी होंगे तो चलिए कंटेंट और लेकर के आए हैं तो ये जो हमारे पास सैमसंग का ए फिफ्टी मॉडल है इसमें लगा हुआ है गूगल अकाउंट एफ आर पी तो इसकी एफ आर पी हम करने वाले हैं बाईपास फ्रेंड वीडियो को लास्ट फ्रेंड तक आप जरूर देखिएगा स्टेप बाय स्टेप मैं वॉइस के साथ हर एक वीडियो डालता हूँ जिसमें कि आपको क्लियर बाई पता चले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्मार्ट टेलीकॉम को तो सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को डबा लें जिसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी और इसकी मैंने हार्ड डिस्सेट की वीडियो डाली हुई फ्रेंड अगर आपने हार्ड डिस्सेट की वीडियो नहीं देखी है अगर आपको हार्ड डिस्सेट करने में दिक्कत आ रहा है तो आप इस वीडियो को जाकर के हार्ड डिस्सेट देख सकते हैं इसके अगले वाले वीडियो मैंने डाला हुआ है तो चलिए नेक्स्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि इसमें गूगल अकाउंट एफआरपी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है फ्रेंड तो ये चेकिंग इन्फो और ये देख सकते हैं यूज गूगल अकाउंट तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कोई भी स्किप का बटन अभी नहीं आएगा जैसा कि आप देख सकते हो क्योंकि इसमें गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी लगी हुई है देख सकते हो कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा है तो वीडियो को लास्ट इंट तक आप जरूर देखिएगा, और इसकी हार्ड डिसेट का वीडियो मैंने इससे पहले वीडियो में डाल दिया है अगर आपको हार्ड डिसेट करने में दिक्कत आ रही है तो बहुत ईजीली तरीके से हार्ड डिसेट भी कर सकते हो तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं पर वीडियो को आप वॉइस के साथ में डाल रहा हूँ आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो वीडियो को लास्ट इंट तक आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो वह चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंप्लीटलीटलीटली लास्ट तक वीडियो को आप जरूर देखिए मैं वॉइस के साथ एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप डाल रहा हूं तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए ठीक है मैंने यहां पे देख सकते हैं डाटा केवल लगा दिया है क्योंकि सबसे पहले हमें यूट्यूब खोलना है तो यूट्यूब के लिए मैं मैं मैं पे आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं एक टू का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर ये यू का टूल है फ्रेंड तो यहाँ पर मैं जाऊँगा टूल में जाऊँगा टूल में जाने के बाद सीधा हमें यहाँ पे देख सकते हैं ओपन यूट्यूबूबू और सीधा हम यहाँ पे बाईपास पर क्लिक कर देंगे मैंने डाटा केवल पर यहाँ पे लगाया हुआ है फ्रेंड आप जैसा कि देख सकते हो ये देखिए हमारा फ़ोन कनेक्टेड है और जैसे ही हमारा यहाँ पे डन होगा यहाँ पे हमारा YouTube आ जाएगा तो हम अलाउ का यहाँ पे बटन को कर देंगे यहाँ पर ये यह देख सकते हैं ओके हो सकता है और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अलाव का हो चुका है तो वन क्लिक में हमारा YouTube आ चुका है अब हम इसके आगे का स्टेप बाय स्टेप हम करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट इंड तक आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स तो गाइज़ हमारा ये देख सकते हैं आ चुका है अब हमें सिंपल यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट और यहाँ पर नो थैंक्स कर देना है फ़िलहाल अब आपको गूगल सर्च में जाना है फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखना है आपको एफ आर पी एफ आई एल ई आपको एफ आर पी पाई लिख करके यहाँ पे कर देना है आपको नेक्स्ट जैसे आप एफ आर पी पाई लिख देंगे तो बाईपास गूगल अकाउंट एफ आर पी लॉक आप पहले ही साइड में आप पहुँच जाएंगे उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा ये पेज ओपन हो चुका है फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ईजी तरीके से अब आपको करना क्या है सारा चीज़ स्टेप बाई स्टेप आप वीडियो को बहुत लास्ट इंट तक और ध्यान से देखिएगा फ्रेंड तब जाकर ही आपको समझ में आएगा नहीं तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेटिंग ऐप में आपको जाना है सेटिंग ऐप में जाने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको जाना है सिक्योरिटी में जाना है बायोमेट्रिक्स इसमें जाने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें जो ये मेथड आपने कई सारे मेथड आपने देखा है यहाँ पे आपके फैल भी हो जाते हैं जो आपका एक मैथड भी है कि आपको यहाँ पर पिन विंडोज़ सीधा डाल करके यहाँ पर अलाउ कर देना है और यहाँ पर भी अलाउ कर ये देख सकते हैं हमारा अलाउ नहीं हो रहा है ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पर अलाउ नहीं हो रहा है तो ये बेसिकली ये मेथड फैल हो जाता है तो मैं आपको सारी मेथड्स को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ तो फिर से चलिए हम फिर से सेटिंग से से में जाते हैं सेटिंग से में जाने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट एंड बैकअप में जाना है वो मेथड आपने काफ़ी सारी देखा भी है और फ्रेंड्स फेल भी हो जाता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट स्विच का एक ऑप्शन है आपको स्मार्ट स्विच में जाने के बाद इसे कर लेना है डाउनलोड तो ये थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लगेगा फिर उसके लिए आपको एक फ़ोन और चाहिए और उस फ़ोन में आपको मैं बता दूं स्मार्ट स्विच आप ऐप एप एप एप्लीकेशन जा करके ऐप स्टोर से आप वहाँ से आ, डाउनलोड कर सकते हैं स्मार्ट स्विच आपके दूसरे फ़ोन में भी होना चाहिए और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड्स उसके बाद का प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा आपको यहाँ पे अकाउंट एंड बैकअप में जा करके ये देख सकते हैं स्मार्ट स्विच यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे आप किसी पे भी क्लिक कर लेंगे वहाँ पर डाउनलोड देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो चुका है अब आप आपको कर देना है एग्री यहाँ पर भी कर देना है आपको अलाउ और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड अब हमारा रिसीविंग डाटा क्लियर है पर इससे पहले एक प्रोसेस करना पड़ेगा आपको फोन के साथ और वो मैथड आपको कनेक्ट करना होगा तो मैं वो भी फ़ोन आपको दिखा देता हूँ तो गाइस देख सकते हैं मेरे पास एक फ़ोन है मैंने भी इसमें गूगल प्ले स्टोर से यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पे हमें करना है यहाँ पे केबल कनेक्ट कर देना है और ये देख सकते हैं कनेक्ट गुड स्टार्ट के लिए आ चुका है अब हमें करना क्या है सारा स्टेप आप प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप देखेगा मैं दोनों ही फ़ोन को यहाँ पर साइड पर रख देता हूँ फ्रेंड तो फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पर डाटा केबल लगा दिया है अब आपको करना है यहाँ पर रिसीव रिसीव पर टिक करना है और यहाँ पर गैलेक्सी पर टिक करना है और यहाँ पे केबल ये देख सकते हैं बाजू में हमने दोनों डाटा केबल को यहाँ पे लगा दिया हुआ है सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा पेयरिंग होना चालू हो गया है आपका यहाँ पे ओ ऑन होना चाहिए देख सकते हैं यहाँ पे Samsung Galaxy A1 हमारा यहाँ पे आ चुका है मैं वॉइस के साथ बना रहा हूँ फ्रेंड ये देख सकते हैं हमारे दोनों ही फ़ोन यहाँ पर पेयरिंग हमारा लगा हुआ है अब आपको सबसे नीचे जाना है और करना है यहाँ पर ट्रांसफ़र तो जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर भी कॉपी का एक ऑप्शन आएगा ये बंद हो गया यहाँ पे अभी हमारा कॉपी का एक ऑप्शन आएगा देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन आ रहा है हमने जैसे यहाँ पे कॉपी कर दिया ये परमिशन मांग रहा है हमने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है अभी ये जो इसका कॉपी है यहाँ पे फ़ोन में कॉपी हो जाएगा फ्रेंड बहुत ही इजीली तरीके से तो थोड़ा सा वेट करना होगा सारी चीज़ें यहाँ पर मैं यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता फ्रेंड जो भी है जानवर वीडियो मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी और रिकॉर्ड हो रहा है अब यहाँ तो पे फ्रेंड्स आपको करना क्या है जो इस इस फोन का जो पासवर्ड है देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है जी इस वाले फ़ोन का जी आ चुका है तो हमें यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स तो पासवर्ड डाल देना है तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड को इन कर दिया है अब कर देंगे सिंग इन तो जैसे ये देखिए फ़ोन को हमने जो भी प्रोसेस है आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और ये देखिए अभी हो जाएगा ऑल डन लिख करके आ जाएगा और बहुत ही ईजीली तरीके से हमारा ये काम हो जाएगा फ्रेंड तो आई होप वीडियो में जो भी बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ी सी ये करने में दिक्कत हो रही पर मैं वॉइस के साथ बना रहा हूँ देख सकते हैं ऑलडन यहाँ पर हमारा हो चुका है ये हमारा ऑलडर्न हो चुका है अब यहाँ पर सिंपल और सिंपल आपको गो टू होम पे क्लिक कर देना है अब हमारा काम हो चुका है इस फोन का हमारा काम हो चुका है फ्रेंड यहाँ पर ऑलडर्न हो चुका है तो अब इसको फ़ोन को हम कर देते हैं साइड में कर देते हैं और इस फ़ोन को हम डाटा केबल निकाल देते हैं अब कोई भी आ, डाटा केबल का रोल नहीं है यहाँ पे अब देखते हैं फाइनली कि जो हमारा काम था वो हुआ कि नहीं हुआ तो हम करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट और यहाँ पर भी करते हैं एग्री यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट तो गाइज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में तो अभी से करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करने का देखिए चेकिंग फॉर अपडेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड बहुत ही ईजी तरीके से सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको करके इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ तो ये आप देख सकते हो चेकिंग फॉर अपडेट्स यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स जॉब डन तो प्लीज़ फ्रेंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्मार्ट टेलीकॉम ये साइड में आप देख सकते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो आप जरूर दबा लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलेंगे तो ये जस्ट अ सेकेंड से यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ, यहाँ पर फाइनली नेक्स्ट करेंगे जस्ट अ सेकेंड तो मैं आपको लास्ट इंड तक दिखाऊँगा कि हमारा ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड एक्सेप्ट यहाँ पर स्किप कर देंगे इसकी पेनी कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे और ये आप फाइनली बट फ्रेंड्स आपको जो भी है मैं यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ अपने चैनल में जो भी है हमारे चैनल में एक चैन वीडियो है आप तो देख सकते हो तो वीडियो को आपने देखा लास्ट इंड तक तो फ्रेंड इसके भी हम कर देते हैं नेक्स्ट हालाँकि आप इसे स्किप भी कर सकते हो बाईपास हमारा हो चुका है फ्रेंड बहुत इजीली तरीके से बाईपास हमारा हो चुका है अब कर देंगे नेक्स्ट हम कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद यहां पे हम कर देंगे स्किप स्किप और यहां पे फिनिश तो ये हमारा ऑल डन हो चुका है और जस्ट सेकेंड फिर से हो रहा है तो अब ये ये सैमसंग का स्टार्टिंग का प्रोसेस है आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल डन हो चुका है ये ऑल डन ओके यहाँ पे डन और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड हमारा ये कम्पलीटली प्रोसेस हो गया है अब हम इसे कर देंगे मिनिमाइज और ये ऑर्डर हो चुका है तो फ्रेंड गाइस ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो बहुत कम समय में आपका जो ये लगा है